हेलो फ्रेंड मैं सचिन फ्रेंड मेरे चैनल एस के आर टैकवर्ड में आपका बहुत स्वागत है फ्रेंड इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको अगर आधार कार्ड में एड्रेस चेंज कराना है तो आप कैसे करें आपको फ्रेंड अगर अपने आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करना है तो फ्रेंड ये काम आप अपने आप ही कर सकते हैं फ्रेंड इसके लिए आप यू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे यहाँ आने के बाद फ्रेंड आपको लॉग इन पे क्लिक करना है यहाँ फ्रेंड आधार कार्ड नंबर देने के बाद फिर उसके बाद नीचे आपको कैप्चा देना है कैप्चा जैसा है आपको ऐसा ही देना है सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आया वो ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा नहीं आएगा तो मैसेज में चेक करेंगे फिर लॉगिन पे क्लिक कर देंगे लॉगिन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपको यहाँ नेम जेंडर डेट ऑफ बर्थ एड्रेस वाले ऑप्शन पर जाना है यहाँ आपको क्लिक करना है यहाँ क्लिक करके फ्रेंड आपके सामने अपडेट आधार ऑनलाइन का ऑप्शन आ जाएगा अपडेट आधार ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा यहाँ आपको प्रोसीज टू अपडेट आधार पे क्लिक करना है इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा यहाँ आने के बाद फ़्रेंड आप एड्रेस पे क्लिक करेंगे प्रोसीज टू अपडेट <ided> आधार <letter> पे क्लिक करेंगे अब यहाँ फ्रेंड ये इस तरह का, का इंटरफेस आ जाएगा यहाँ इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर आपकी करंट डिटेल आ रही है मीन्स तो करंट एड्रेस शो ऑफ हो रहा है अभी आप नीचे की तरफ थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करेंगे यहाँ फ्रेंड ये केयर ऑफ़ केयर ऑफ में यहाँ केयर ऑफ में फ्रेंड अगर कोई मैरिड लेडी है तो वो यहाँ पे अपने हस्बैंड का नेम लिख सकती है बाकी और कोई भी पर्सन केयर ऑफ में अपने पापा का नाम दे सकते हैं नीचे फ्रेंड हाउस बिल्डिंग स्ट्रीट यह अपनी पूरी एड्रेस देना है लैंडमार्क पिन कोड ये सब देना है फ्रेंड ये आपको वो एड्रेस देना है जो आपको चेंज कराना है इसके लिए आपको एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा तो ये सारी इन्फॉमेसन देने के बाद आपको यहाँ से नीचे की तरफ एक वैलिड डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा तो वैलिड डॉक्यूमेंट में आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं आप देख सकते हैं वो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे यहाँ सेलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप पे जाएंगे इसमें फ्रेंड आप राशन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस वोटर आईडी कार्ड ये सब चीज़ें भी अपलोड कर सकते हैं आप सारे डॉक्यूमेंट यहाँ देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपलोड कर सकते हैं यहाँ फ्रेंड आपको वो डॉक्यूमेंट देना है जो अपलोड करना है हमने पासपोर्ट दिया यहाँ ओ करा यहाँ फ्रेंड आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए क्लिक करना है यहाँ पे आपको कंफर्म टू अपलोड पे क्लिक करना है यहाँ फ्रेंड आपको परमिशन देनी है परमिशन देने के बाद नीचे फ्रेंड आप देख रहे हैं ग्रीन कलर में ये अपलोड का ऑप्शन आ रहा है ये अपलोड हो चुकी है अगर ये कंप्लीट ग्रीन हो रही तो ये अपलोड हो चुका है फिर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ फ्रेंड जो आपने एड्रेस दिया है वो एड्रेस शो ऑफ कर हो रहा है यहाँ से ही फ़्रेंड आप एड्रेस को एडिट कर सकते हैं एडिट अपडेट एड्रेस पे क्लिक करेंगे यहाँ से ही आप इसमें कुछ चेंज भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि जो आपने अभी एड्रेस दिया था वो सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो आप नीचे की तरफ इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपको यहाँ पचास का पेमेंट करना होगा ये यह यहाँ दिखा रहा है पचास रुपये का आपको पेमेंट करना होगा ये पेमेंट के आपके मेथड आ रहे हैं आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और ये सेकंड वाला पेयू बिच को आप सेलेक्ट करके आप नीचे मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे यहाँ क्लिक करने के बाद ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा यहाँ आप नेट बैंकिंग से वॉलेट से क्रेडिट कार्ड से किसी भी टाइप से पेमेंट कर सकते हैं अभी यहाँ मैंने नेट बैंकिंग सेलेक्ट करके ये सारी इंफॉर्मेशन देनी है और उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है तो आपका फिफ्टी रुपीज़ का पेमेंट हो जाएगा और आपका फ्रेंड ये जो कार्ड है ये दस दिन से पंद्रह दिन के अंदर फ्रेंड आपके एड्रेस पे अपडेटेड एड्रेस होके आ जाएगा आप फ्रेंड्स को करके देखना है इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी आती है कोई भी इशू आता है फ्रेंड आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना मैं आपको प्रॉपर रिप्लाई करूँगा फ्रेंड oh वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू